धरती पे आया स्वर्ग उतर कर धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी दिवाली रोशनी वाली वो सब त्यौहार की धानी धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्यौहार धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्यौहार दिवाली रोशनी वाली वो सब त्यौहार रानी दिवाली रोशनी वाली ये सब त्यौहार रानी घर घर दीपक रौशन करताओ जाना दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला घर घर दीपक रोशन करताओ जाना दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला विध विध कपड़े पहन के देखो विधविध कपड़े पहन के देखो खुश है ये संसार विध विध कपड़े पहन के देखो खुश है ये संसार दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी रंगोली सजाई हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई आंगन आंगन देखो रंगोली सजाई हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई देर रात तक जागते रहते देर रात तक जागते रहते नींद की नादरकार, देर रात तक जागते रहते नींद की ना दिवाली रोशनी वाली वो सब त्यौहार रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्यौहार रानी। हर दिन आए बन के दिवाली हाँ हर दिन आए बन के दिवाली जीवन हो गुलजार हर दिन आए बन के दिवाली जीवन हो गुलजार दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी दिवाली रोशनी वाली वो सब त्यौहार किरानी धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्यौहार धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार रानी